इधर देखेंगे सब लोग से गंगे मैया की देखे। गंगे की और कर करेंगे थोड़ा ऑल बैक ऑल बैक ऑल बैक ऑल बैक ओके स्टॉप देखो कैमरे की तरफ लेड ऑल